नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डिगेश्वर सेन और आप देख रहे हैं आई टेक आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है ये हमारे चैनल का पहला वीडियो है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ मेरे बारे में मैं अपने बारे में आपको कुछ बताने वाला हूँ और कुछ बातें करेंगे हम आने वाले समय के बारे में जिसमें मैं इस चैनल पर क्या क्या करने वाला हूँ कौन सा कंटेंट अपलोड करने वाला हूँ उसके बारे में आज विस्तृत से चर्चा करेंगे इस चैनल पर मेरा पूरा नाम है डिगेश्वर सेन और मैं बीकानेर से बिलोंग करता हूँ

मुझे टेक्निकल चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है और मैंने आज तक जितने भी टेक्निकल चीज़ें देखी है या जो भी मैंने टेक्निकल बातें सीखी है मुझे उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मैं इसीलिए आज एक नया टेक्स चैनल स्टार्ट कर रहा हूं मैंने इसको पहले भी कई बार टेक्निकल वीडियो बना ट्राई किया तो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स लगा इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न इस चीज़ को मैं अपना प्रोफेशन बनाऊँ तो आपको इस चैनल पर मिलेगा हर दूसरे दिन यानी एक दिन छोड़ के एक दिन पर एक नया यूट्यूब वीडियो

जिसमें टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ बातें होगी जो आपको बहुत ही पसंद आएगी तो मैं आपको इन वीडियोस में बताने वाला हूँ मुख्य रूप से मोबाइल कंप्यूटर और लैपटॉप से जुड़ी ऐसी बातों के बारे में जो टेक्निकल होगी और तेज़ी से बढ़ती इस दुनिया में आप अपने टेक ज्ञान को मेरे साथ जुड़कर और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो इसके अलावा हम बात करने वाले हैं यूट्यूब के बारे में जी हाँ दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप भी एक अपना कैसे नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं

क्या पॉलिसी होती है कैसे एक YouTube चैनल को मोनेटाइज करते हैं किस तरह वीडियो अपलोड करते हैं किस तरह अपने वीडियो को ट्रेंडिंग में लाया जा सकता है और आप भी घर बैठे मेरी तरह कैसे कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं YouTube के माध्यम से

दोस्तों आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आई वी नेटवर्क यानी आई वी एल नेटवर्क के और भी बहुत सारे चैनल हैं जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं आप उनसे भी जुड़ सकते हैं जहाँ पर अलग अलग तो बहुत ही बढ़िया कंटेंट मिलेगा दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कर दें जिससे कि उनको भी जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है वो ज्ञान वो सबसे पहले मिल सकें वीडियो देखने के लिए आप सभी धन्यवाद जय हिंद वंदे मात्रा